देवास में मां तुलजा भवानी माता टेकरी की 40 दान पेटियाँ खोली गईं। दान पेटियों में से निकले धन की गिनती दो दिनों तक चलेगी 125 सौ पटवारी दान पेटी से निकले हुए दान राशि की काउंटिंग करेंगे मध्य प्रदेश के देवास में माता टेकरी पर मां तुलजा भवानी और मां चामुंडा मंदिर स्थित है जहां दूर दूर से भक्त दर्शन करने पहुँचते है इस बार भी नवरात्रि के समय लाखों श्रद्धालु माता के दर्शन करने पहुँचे और भक्तों ने दिल खोल दान किया नवरात्रि में 12 लाख भक्तों ने मंदिर में दान दिया माता की टेकरी पर 40 दान पात्र हैं जिसमें दान की गई राशि की अब गिनती की जा रही है ये गिनती दो दिनों तक होगी इस काम में 125 पटवारियों को लगाया गया है